pya muhabbat ka fasla dena tu jab na aaye dehre walde minne ka mausam aaya तेरे बिना तेरे बिना ta